ब्रेव गर्ल अरुणिमा सिन्हा आइए आज बात करते हैं एक ब्रेव गर्ल अरुणिमा सिन्हा की अरुणिमा सिन्हा का जन्म सन उन्नीस में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ अरुणिमा की रुचि बचपन से ही स्पोर्ट्स में रही वे एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर भी थीं उन्होंने कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य की वॉलीबॉल टीमों में प्रतिनिधित्व भी किया उनकी लाइफ में सब कुछ सामान्य चल रहा था तभी उनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जिसके चलते उनके ज़िंदगी का इतिहास ही बदल गया क्या थी यह घटना जिसके चलते उन्होंने नए कीर्तिमान रच दिए आइए जानते हैं अरुणिमा सिन्हा के बारे में अरुणिमा सिन्हा ग्यारह अप्रैल 2011 को पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली सी का एग्जाम देने जा रही थी रात के लगभग एक बजे कुछ शातिर अपराधी ट्रेन के डिब्बे में दाखिल हुए और अरुणिमा सिन्हा को अकेला देखकर उनके गले की चेन छीनने का प्रयास करने लगे जिसका विरोध अरुणिमा सिन्हा ने किया तो उन शातिर चोरों ने अरुणिमा सिन्हा को चलती हुई ट्रेन से बरेली के पास बाहर फेंक दिया जिसकी वजह से अरुणिमा सिन्हा का बायां पैर पटरियों के बीच में आ जाने से कट गया पूरी रात अरुणिमा सिन्हा कटे हुए पैर के साथ दर्द से चीखती चिल्लाती रहीं लगभग चालीस से पचास ट्रेन गुजरने के बाद पूरी तरह से अरुणिमा सिन्हा अपने जीवन की आस खो चुकी थीं लेकिन शायद अरुणिमा सिन्हा के जीवन के किस्मत को कुछ और ही मंजूर था फिर लोगों को इस घटना का पता चलने के बाद उन्हें नई दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया जहाँ अरुणिमा सिन्हा अपनी ज़िंदगी और मौत से लगभग चार महीने तक लड़ती रहीं और जिंदगी और मौत की जंग में अरुणिमा सिन्हा की जीत हुई और फिर अरुणिमा सिन्हा के बाएं पैर को प्रोस्थेटिक लेग के सहारे जोड़ दिया गया इस दौरान अरुणिमा सिन्हा मीडिया की खबरों में बनी रही तथा उन्हें सभी का सहयोग भी मिला अरुणिमा सिन्हा के इस हालत को देखकर डॉक्टर भी हार मान चुके थे और उन्हें आराम करने की सलाह दे रहे थे जबकि परिवार वाले और रिश्तेदारों की नज़र में अब अरुणिमा सिन्हा कमज़ोर और बेबस हो चुकी थी लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने अपने हौसलों में कोई कमी नहीं आने दी और किसी के आगे खुद को बेबस और लाचार घोषित नहीं किया दो में ही उन्होंने बच्चेंद्रीपाल से टेलीफोन पर संपर्क किया और टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन दो हज़ार के उत्तरकाशी शिविर में प्रशिक्षण के लिए साइन अप किया सिन्हा ने एवरेस्ट की चढ़ाई की तैयारी के लिए 2012 में द्वीप शिखर 6150 मीटर पर चढ़ाई की इस तैयारी में वह बहुत बार गिरी तथा घायल भी हुई लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी जब वे माउंट एवरेस्ट के बहुत करीब थे तो उनके शेरपा ने उन्हें एक भयानक खबर दी उनके ऑक्सीजन का लेवल जल्दी ख़त्म हो रहा था और उन्हें अगले एक दिन और प्रयास के लिए लौटने की जरूरत थी सिन्हा ने पीछे मुड़कर देखा तो काफ़ी ऊंचाई पर आ चुकी थी और आगे देखा तो उन्हें पर्वत आराह्य आरोहियों के फुटप्रिंट्स दिखाई दिए वे उसी दिन माउंट एवरेस्ट को जीतने पर अड़ गईं शेरपा की मदद से दो घंटे के बाद वे माउंट एवरेस्ट के शिखर पर थी 21 मई 2013 को सुबह दस बज के पचपन पर वो सफलता के शिखर पर थी माउंट एवरेस्ट के ऊपर बिताए 7 मिनट उनके जीवन के सबसे अच्छे पल थे बेचाई से दुनिया को चिल्लाकर कहना चाहते थे कि उन्होंने अपना सपना पूरा किया अरुणिमा यही नहीं रुकी युवा और जीवन में किसी भी प्रकार के अभाव के चलते निराश पूर्व जीवन जी रहे लोगों में प्रेरणा और उत्साह जगाने के लिए उन्होंने अब तक अब दुनिया के सभी सातों महाद्वीपों की सबसे लंबी ऊंची चोटियों को लाघने का लक्ष्य तय किया इस क्रम में वे अब तक अफ्रीका की क्लीमंजारों ऑस्ट्रेलिया के कोयूस कोसी कोश्यू, को यूरोप के माउंट एल्ब्रस अर्जेंटीना तथा इंडोनेशिया के कारिस्टल पारिड पर तिरंगा लहरा चुकी हैं तथा 4 जनवरी 2019 को एंटार्टिका के माउंट विंसन को भी उन्होंने जीत लिया इस तरह अरुणिमा ने सफलता हासिल की और सभी को चौंकने पर मजबूर कर दिया अरुणिमा ने साबित कर दिया कि अगर इंसान सच्चे दिल से चाहे तो क्या कुछ नहीं कर, चस, कर, कर सकता चाहे वे औरत हो या आदमी या फिर कोई फिजिकल चैलेंज्ड अरुणिमा का कहना है कि इंसान की शरीर से डिसेबिलिटी नहीं होती बल्कि मानसिकता से होती है 2014 में इनकी बुक बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन पब्लिश हुई जो खुद अरुणिमा सिन्हा ने लिखी अरुणिमा सिन्हा को 2015 में पद्मश्री तथा 2016 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा पीपल ऑफ़ द ईयर से में से एक के रूप में शामिल किया गया अब वे सामाजिक कल्याण के प्रति समर्पित हैं अरुणिमा सिन्हा के मोटिवेशनल शब्द अभी तो इस बात की असली उड़ान बाकी है अभी तो इस परिंदे का इम्तहान बाकी है अभी अभी तो मैंने लांगा है समंदरों को अभी तो पूरा आसमान बाकी है थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो